जो दारू की लत से ग्रसित है आदत पड़ी हुई है उसको लेकिन उसको चाहे भरे रेगिस्तान में छोड़ के आ जाओ जहां आस पास में कुछ नहीं शाम को टल्ली मिलेगा आज तक कोई नहीं जान पाया कि क्यों मिलेगा क्योंकि उसने अपने जीवन की आदत को इतना स्ट्रोंग कर लिया कि उसकी योग्यता है किधर से भी सुन के लाएगा उसकी डिजायर कहती है कि मुझे लेना ही होगा भाई किधर भी मिलेगी देखो आप बाराती जब जाते हैं तो सला ठेका नहीं जानते लेकिन पंद्रह मिनट बाद ठेके पे मिलते हैं गांव अलग है मोहल्ला अलग है लेकिन मिलेंगे उधर क्योंकि आग जल रही है बर्निंग डिजायर जल रही है और वो योग्यता है उनमें छूंगने की कि मिलेगा किधर और वो ज्ञान है उनमें जो उनको वहां तक पहुँचाता है शेर का बच्चा छोटा सा बच्चा भटक गया और जंगल में घूम गया और भेड़ों के साथ जाके रहने लग गया धीरे धीरे सब मेमनाते मेमनाते बड़े हो रहे थे बड़े होते होते होते होते बेड के बच्चे की अपनी कैपेसिटी है उसकी अपनी कैपेसिटी है बड़े हो गए लेकिन मैं मैं मैं संगत का तो एक दिन पानी पीने जा रहे थे पानी पीते टाइम पानी में परछाई दिखी तो इसने खुद को देखा इस पड़ोसी को देखा इतने में पहाड़ के ऊपर से दहाड़ मारी इसके बाप ने तो यह सब हाँ, इसने तीन तरफ देखा लेफ्ट राइट ये मैं नहीं हूं फिर खुद को और फिर उस मैं तो उसके जैसा हूं तो ये मैं, मैं ऐसे कर रहा था ना ये इसने चालू किया था कि मैं उसके जैसा हो गया वो और दहाड़ मारे एक दो, इसने, एक दो तीसरी में तो इसने जब मारी तो यबा, गवा, गवा, और ये हम सब भारत के लोग ऐसे भेड़ो के बीच में है भारत के टॉप पचास बड़े लोग है ना उनकी हिस्ट्री जोग्राफी बायोग्राफी सब पढ़ लेना इधर इधर ही ही थे, थे। कामयाब कभी कभी करूँगा एक लड़के को छोटा सा कांच का टुकड़ा मिल गया उसने जाकर पूछा की मैं इसका क्या करूँ बेटा तू इसको जा मार्केट में और बेचना मत बस कहीं भी जाके बैठ जा जो भी इससे पूछे ये कितने का है तो तू यूं करना यूं करना पहले दिन गया जिन सब ने उनसे पूछा उसने किया यूं यूं सबने कहा बीस रुपए का है दो सौ रुपए का है फिर वापस आया आज पिताजी इसका भाव लगा बीस रुपए दो सौ रुपए बीस रुपए दो सौ रुपए ठीक है बेटा कल तू तो उस जगह जाना जहां पे सक्सेसफुल लोग आते हैं और माहौल अच्छा होता है ऐसे जगह जाना और तेरा काम एक ये, ऐसे करना दूसरे दिन गया वहां पे कोई अच्छा दो हजार रुपए का है बीस हजार रुपए का है ना उस जगह पे जाके अच्छे से अच्छे इसका भाव बताना अब की बार उधर जब गया यूं करते सब दो लाख का है ओ, लाग, लाग, लाग। एक ही वस्तु एक बार भी रेट नहीं बताई सिर्फ इशारा किया इस दुनिया में कोई इंसान किसी चीज की रियल वैल्यू देखना चाहता है तो उसको उस माहौल के चश्मे से देखना पड़ेगा उस माहौल के दर्पण से देखना पड़ेगा